मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा दो तीन साल में हम ऐसी स्थिति कर देंगे कि लव जिहाद का नाम लेने से भी ये जिहादी काँपेंगे इस मौके पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गोविंद सिंह अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह की भाषा बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह डॉक्टर नौता मिश्रा ने कहा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपनी राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह की भाषा बोल रहे हैं उन्होंने कहा गोविंद सिंह आप अध्ययन करेंगे तो समझ आएगा लव जिहाद करना पाप नहीं है लेकिन नाम बदलकर जाति धर्म बदलकर लव करना सही नहीं है नाम बदलकर धर्मांतरण जो करता है ये लव जिहाद है जो मध्य प्रदेश में संभव नहीं है हम कुछ सालों के अंदर प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे की जिहादी लव जिहाद के नाम से कापेंगे आदरणीय गोविंद सिंह जी आपको स्वभाव में अध्ययन करना है कि नहीं मुझे नहीं पता पर लफ जिहाद का अध्ययन करेंगे तो समझ आएगा पूरा कि लव करने पे रोग नहीं है पर जो लोग नाम बदल करके जाति बदल कर धर्म बदल कर जो जिहादी लव करता है वो लव जिहाद कहलाता है और ये मध्य प्रदेश में संभव नहीं है हम मध्य प्रदेश में आने वाले दो चार साल में ये स्थिति कर देंगे कि जो लव जिहाद वाले हैं ना लव जिहाद करना तो दूर नाम लेने से कांप जाएंगे ये मध्य प्रदेश का धर्मांतरण करना और फसा के फिर जमीनों का हस्तांतरण करना ये सब नहीं चलने वाली हैं आप कांग्रेस की राजनीति है आप अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह जी की भाषा मत बोला करो वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का